दोस्तों एक नजर आप इस क्लिप पर भी डाल लीजिए जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि गयातरमा मोबाइल फोन चलाते हुए थुमक थुमक कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चैट करती हुई जा रही थी लेकिन तभी इनके रंग में भंग डालने के लिए एक आदमी पीछे से जोरदार आवाज के साथ अपने हाथ में क्या किया मैंने किया क्या, क्या? मैंने क्या, क्या? मैंने क्या, क्या? ये क्या मजाक मजाक था? थोड़ी कर। मच्छर मच्छर। मेकअप महिलाओं की सबसे फेवरेट चीज है महिलाएं खाना खाएं या ना खाएं भाई लेकिन मेकअप के बिना वो नहीं मेकअप के बिना बिल्कुल भी दिन गुजरता ही नहीं है लेकिन कभी पनी